स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं सहित धर्मक्षेत्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हो चुके थे दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्क के पुत्र और भीम के पौत्र बरबरीक को मिली तो वो भी अपनी माँ से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया वहां पहुंचकर बर्बरीक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी से पांचों पांडव के चरण छुए उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा महाराज अभी मैं कौरवों के शिविर गया था वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महार्थियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और कुरान सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि वे आप पांचों भाइयों और आपकी सेना को एक मास में समाप्त कर सकते हैं फिर गुरु द्रोवाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांडवों को पंद्रह दिन में समाप्त कर सकता हूं। उसके बाद अश्वथामा ने कहा कि वे आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को दस दिनों में नष्ट कर सकता है और अंग्राज करण की बातों पर विश्वास करें तो वो आप सभी को केवल छह दिनों में सेना सहित मार सकते हैं गुप्तचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो अपने जेष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें तब अर्जुन बोले ज्येष्ठ पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है आपके पक्ष में भी जो वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकते हैं ज्येष्ठ हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार भाग जाएंगे जैसे सिंह से डर मृग भाग जाता है बूढ़े पितामह भीष्म गुरु द्रोण और कृप तथा अश्वथामा से हमें क्या भय है फिर भी यदि आपके चित को शांति नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं उधर अर्जुन की मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से रहा नहीं गया उसने अर्जुन से कहा पितामह अभी अभी आपने जो कहा है वो सही नहीं है क्योंकि मैं आपके शत्रुओं अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ पल में ही नष्ट कर सकता हूँ बर्बरीक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्वा आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन की आंखें लज्जा से झुक गई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकता है फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा वत्स भीष्मोण कर्ण जैसे महारथी से सुसज्जित कौरवों की सेना जिस पर विजय पाना देवाधिदेव महादेव के लिए भी कठिन है उस सेना को तुम इतना शीघ्र कैसे परास्त कर सकते हो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र है कृपा कर हमें भी बतलाओ तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा प्रभु आप जो मेरे तरकश में ये तीन बाण देख रहे हैं इन्हीं बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूं। तब श्री कृष्ण बोले पुत्र बर्बरीक मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता मुझे प्रमाण चाहिए तब बर्बरीक ने कहा हे प्रभु आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं उसके बाद श्री कृष्ण शिविर में मौजूद पांचों पांडव भीम पुत्र और बर्बरीक को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पीपल का एक विशाल पेड़ था वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बरबरीक से कहा बरबरीक ये पीपल का पेड़ देख रहे हो ना? इस पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते लगे हुए हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है अगर तुमने इन तीन बाणों से अपने लक्ष्य का भेदन कर दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा आपकी जैसी आ प्रभु फिर उसने अपने तरकश से लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए एक बाण निकाला और धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया पल भर में ही वह बांध उस पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकश में लौट आया। उस बांध के वापस आते ही बरबरीक ने जैसे ही उन पत्तों को काटने के लिए दूसरा बाढ़ तरकश से निकालने लगा उसी समय एक चिन्हित किया हुआ सूखा पत्ता धरती पर आ गिरा जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने अपने पाँव के नीचे छुपा लिया उधर पहले की भांति ही बर्बरीक ने दूसरे बाढ़ को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया देखते ही देखते बर्बरीक का वह पल भर में ही उन सारे पत्तों को काट दिया जिसे पहले बाढ़ ने चिन्हित किया था परंतु बर्बरीक का दूसरा बाण तरकश में वापस लौटने की बजाय श्रीकृष्ण के पांव के पास आकर रुक गया यह देख बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा प्रभु आपने मेरे द्वारा चिन्हित पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा रखा है कृपा कर अपना पांव हटा लीजिए क्योंकि मेरे ये बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चुकता है बर्बरीक की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बरबरीक से कहा पुत्र बरबरी यह प्रमाणित हो गया कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है यह सुन घटोत्कच सहित पांचों पांडव हैरान हो गए फिर युधिष्ठिर सहित सभी पांडव श्री कृष्ण के समीप आए और उनसे बोले वासुदेव ये आप क्या कह रहे हैं ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बर्बरीक हमारे पक्ष से युद्ध में भाग लेगा तब श्री कृष्ण बोले आप लोगों को जैसा दिख रहा है वो सच नहीं है तब अर्जुन ने कहा तो फिर सच क्या है वासुदेव तब भगवान श्री कृष्ण बोले आप लोगों को सारी सच्चाई बरबरीक ही बताएगा फिर श्री कृष्ण के कहे अनुसार बरबरीक ने सच बताते हुए कहा पितामह प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा यह सुन भीम ने कहा हे वासुदेव शक्ति की गणना के अनुसार तो इस युद्ध में हमारा ही पक्ष निर्बल है फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तब श्री कृष्ण भीम से बोले मजले भैया शुरुआत में आपका पुत्र बरबरीक तो आपके पक्ष में होगा लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरह ही आप सभी का विनाश कर देगा भगवान श्री कृष्ण की मुख से ऐसी बातें सुनकर बरबरीक ने उसी क्षण उनका चरण पकड़ लिया और कहा प्रभु अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं तब श्री कृष्ण ने बरबरीक से कहा पुत्र तुम अपना शीश दान कर दो अर्थात प्राणदान कर दो यह सुन बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा भगवान किंतु मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हूं और अपनी आंखों से इस युद्ध को देख सकूं ऐसे में अब आप ही बताइए कि मेरी इच्छाओं का क्या होगा तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा वीर बर्बरीक मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा बर्बरीक ने कहा प्रभु आपकी जैसी आ फिर उसने अपने तरक्श से एक बाण निकाला और उसे संधान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया देखते देखते पल भर में ही उस बाण ने बरबरीक का सिर धर से अलग कर दिया जो श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा उधर बरबरीक के शीश को कटा हुआ देखकर पांचों पांडव और घटोत्कच का चौकाकुल हो गए फिर भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीत के शीश को अपने हाथों से उठाया उसी समय आकाश में देवी जगदम्बिका प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए बेबी वासुदेव क्या आ गया है तब श्री कृष्ण ने कहा है देवी बरबरीक के शीश को अमृत से सींचने की कृपा कीजिए ताकि वीर बरबरीक का यह शीश अजर अमर हो जाए भगवान का आदेश पाते ही देवी ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अजर अमर कर दिया और अंतर्धान हो गई तब बर्बरीक का कटा हुआ शीश भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु आप धन्य हैं आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा तब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया फिर श्री कृष्ण बरबरीक के उस कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपने दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक के कटे हुए सर से कहा हे शीशदानी हे वीर बरबरीक, तुम पर्वत की इसी चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्मयुद्ध को देखोगे और तुम ही एक मातृ युद्ध के साक्षी होंगे तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्मयुद्ध की कथा जान पाएगी हे hey शीशदानी आज से तुम्हें मैं अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूं जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बरबरीद के उशीष को प्रणाम किया और फिर वे सभी कृष्ण सहित अपने शिविर को लौट आए फिर अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्मयुद्ध शुरू हो गया जो अठारह दिनों तक चले इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी महारथी मारे गए और पांडवों को जीत मिली लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस 18 दिन में किस दिन क्या हुआ तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने विस्तार से महाभारत युद्ध के घटनाओं का वर्णन किया हुआ है महाभारत युद्ध के 18वें दिन भीम के हाथों जब दुर्योधन का वध हो गया तब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में लौट आए और फिर कुछ दिनों बाद पांचों पांडव युद्ध में ली जीत का श्रेय स्वन को देने लगे कोई कहता उसने युद्ध का सावक किया इसलिए को तो कोई कहता अगर वह पितामा भीष्म पर नहीं ले जाते तो उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत मिलना असंभव था तो कोई कहता उसने अगर दुर्योधन और उसके निन्यानवेवे भाइयों का वध नहीं करते तो युद्ध कैसे जीत पाते अभी पांचों भाइयों के बीच ये बहस चल ही रहा था कि श्री कृष्ण उस कक्ष में पधारे और उन सभी से बोले किस बात को लेकर आप लोगों में बहस छिड़ी हुई है इसके बाद फिर सभी ने वही बात दोहराई जिसे सुन श्रीकृष्ण मुस्कुराने लगे तब युधिष्ठिर ने पूछा वासुदेव आप ही बताइए कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है तब श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से बोले बड़े भैया इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसके इस युद्ध के सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है और वही इस युद्ध का एक साक्षी भी है श्रीकृष्ण के इतना कहते ही पांचों पांडव समझ गए कि वासुदेव बरबरीक की बात कर रहे हैं फिर पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ उस पर्वत के पास पहुँचे जिसकी चोटी पर से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा था वहां पहुँचाने पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण और पांचों पांडवों को सादर प्रणाम किया और श्री कृष्ण से पूछा भगवान आप सभी यहाँ के सुद्देश्य से आए हैं तब श्री कृष्ण ने कहा वीर बर्बरीक तुम्हारे पांचों पितामा स्वन्य को इस युद्ध में जीत का श्रेय दे रहे लेकिन वास्तविकता क्या है ये केवल तुम्ही इन्हें बता सकते हो तब बर्बरीक ने कहा पितामह आप लोग किस आधार पर खुद को इस युद्ध में मिले विजय का श्रेय दे रहे हैं जबकि सच तो यह है कि आप सभी ने किसी से लड़ा ही नहीं वास्तव में युद्ध तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण कर रहे थे उन्होंने ही यह युद्ध लड़ा जिसमें ये खुद ही जीते भी और खुद ही हारे भी बर्बरीक की बातें सुनकर पांचों पांडवों का सिर लज्जा से झुक गया फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले वासुदेव हमें क्षमा कर दे हम सभी को अपने अपने बल का अभिमान हो गया था अब हम जान गए हैं कि इस युद्ध में जो भी हुआ आपकी मर्जी से हुआ इसके बाद वे सभी अपने महल को लौट आए इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी भगवान श्री कृष्ण की एक कथा पसंद आई होगी आगरा पसंद आए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें साथ ही ऐसे ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें